उट आउट चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के इस वन ब्लॉक सीरीज एपिसोड में देखा था कि दो दो क्रीपर तीन तीन क्रीपर हमारे आधे के आधे प्लेस को हमारे डट को उड़ा ले गए थे मीन्स सिंपल भाषा में हमारे आधे के आधे डर्ट मीन्स आधे के आधे हमारा ऊपर वाला प्लेटफॉर्म को तोड़ दिए थे वेस्ट कर दिए थे तो इसीलिए आज हम ट्राई करेंगे कि डर्ट को माइन करके हमारा जो ये प्लेस है उसको रिकवर कर सकें तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अरे यहाँ पे गोट क्यों आ गया गोट तो फुटबॉल में है ना भैया रोनाल्डो एंड मेसी वो भी दो दो गोटा है ना एक रोनाल्डो वाला एक मेसी वाला ठीक है तो मेसी एंड रोनाल्डो फैंस मीन्स चेयर अप करो अरे हमको और एक चेस्ट मिल गया जिस चेस्ट हमारा ये चेस्ट बहुत हमको यूज़फुल हो सकता है क्योंकि ये चेस्ट से हमको बहुत सारे यूज़फुल सामान मिल जाएंगे और पिकैक्स मिला है और ये कुछ रेलवे ट्रैक्स मिले हैं और लैपस लजूली गोल्ड और आयरन और बहुत सारे चीज़ें मिले हैं अभी काउंट कर नहीं सकते ठीक है तो एक हमको एक्स भी बनाना होगा शायद से क्योंकि ये सभी को तोड़ने के लिए एक एक्स की ज़रूरत है बट वो बाद में बनाएंगे अभी इतना टाइम है आग वो साइड में देखा वो शिप ऐसा पूरा उड़ के आया वो गोट ऐसा पूरा सा जम्प करके आया कैसा छोड़ो और ये सभी यहाँ पे रख देते हैं प्रॉब्लम ना हो ना जस्ट भाई अगर गलती से मैं कहीं गिर गया तो फिर से ये सभी वेस्ट हो जाएंगे और हमारा इतने मेहनत से किया हुआ चीज़ें इतनी मुश्किल होती है ना जब हम गिर जाते हैं और हमारा सामान बिखर जाता है तो हमें बहुत भैया भैया हमें बहुत दुख होता है भैया बहुत दुख इतना दुख आपने तू मर मैंने मेस्सी और रोनाल्डो को नहीं मारा मैंने अभी गोट्स को मारा मैंने गोट को मारा गोट को ठीक है मैंने मेस्सी को नहीं मारा कि रोनाल्डो को नहीं मारा मैंने गोट को मारा ठीक है अभी अभी देखो मैं गलत स्टेटमेंट दूंगा ना मेरे वीडियो में सिर्फ फैलेगा इसलिए मेरे को गलत स्टेटमेंट देना नहीं मैंने मेसी और रोनाल्डो को नहीं मारा मैंने मारा गोट को गोट माइनक्राफ्ट में गोट को मैंने मारा है माइनक्राफ्ट एक गेम है तो मेरे मेरे ऊपर आप केस कर भी नहीं सकते और हमारा जो जो जगह है वो भी थोड़ा सुंदर हो गया है क्योंकि हमने लाइटिंग जो कर दी है और यहाँ पे एक डट ब्लॉक है उसको यहाँ पे रख के हमारा ये सभी जो फालतू फालतू चीज़ें इसको तोड़ लेते हैं पहले चेस्ट ज़्यादा कुछ तो काम आएगा नहीं सिर्फ चीजें और कॉपर मिला औरे, और एक डट ये हुई ना बात भैया डट मिल मेरे को अभी आयरन नहीं मेरे को अभी डट चाहिए भैया ये जो इतने बड़े बड़े होल हो गए हैं ना वो मेरी क्या बोलते अपना ब्लैक होल है डायरेक्ट गिरोगे फिर कभी नहीं आओगे लूट भी आओगे इसको थोड़ा हमको एक्सटेंड भी करना है इसको क्योंकि अगर फूट गया मीन्स अगर कोई टूट फूट जा रहा है ना प्लेसेस तो फिर वो उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं देखो मीन्स माइंड चाहिए ये सब करने के लिए यहाँ पे 24 24 घंटा बैठ के हमको खेलना पड़ता है ठीक है ये तीन दिन का तुमको क्लिप दिखा रहा हूँ एपिसोड वाइज करके मैंने ये सभी एक दो दिन में ही कर दी सभी बट इसको पार्ट वाइज कर रहा है फिर मीन्स बहुत कुछ करना होता है ना भैया भाई देखा मैं सर जम्प किया फिर वहाँ पे जा सो गया मींस मस्त लगा मस्त लगा मस्त लगा भैया मस्त लगा मस्त लगा भा मस्क, मस्क लगा मस्क लगा मस्त लगा मस्त लगा मस्क लगा क्यों गा रहा हूँ मैं ऐसा गाँव अरे मेरे हाथों से वो गिर गया मैंने एक पकड़ा था चीज़ प्लास्टिक का वो गिर गया मेरे हाथों से ये गाने गाते हुए क्या करे भैया अभी हम बहुत फालतू आदमी है दो दो जगह कर दिया क्रीपरों ने मीन्स कोई सरम वरम है कि नहीं दो दो जगह तुम क्यों कर रहे हो भैया हम इतने मुश्किल से बनाते हैं वन ब्लॉक वन ब्लॉक इज नॉट इजी माय ब्रो बट आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा बने वाला है क्योंकि और क्लिप्स इस एपिसोड के लिए बची नहीं है और इतना ही इस क्लिप में बचता है ठीक है आज इस क्लिप में हमने बात करते करते पूरा क्लिप निकाल दिया भाई टोटल टेंशन नहीं गया इस क्लिप में इस क्लिप में कोई भी ज़्यादा इस एपिसोड में कोई भी ज़्यादा कठिनाई नहीं आई थी बट एपिसोड फोर में हमको बहुत सारी कठिनाई आई थी तो इसी मिलता है किसी क्लिप हैं क्या टेलीपोर्ट क्या हो गया मैं टेलीपोर्ट हो गया ना मैं वो छोड़ो मिलते हैं किसी अगले साइड से नेट का प्रॉब्लम होगा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सी टाटा जानता हूँ छोटा वीडियो तब तक के लिए मिलते हैं चाटा